आष्टा में गुरु गोविंद सिंह जी के साहेबजादों की शहादत को याद करते हुए वीर बाल दिवस मनाया गया कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व नगर अध्यक्ष राजेश शिरोकर उपस्थित रहे इस दौरान बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य कर अतिथियों का स्वागत किया आष्टा के सिद्धिकगंज में गुरु गोविंद सिंह जी के साहेबजादों की शहादत को याद किया गया और इस उपलक्ष्य में बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटम ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बच्चों को धर्म के प्रति अधिक सजग रहना चाहिए उन्होंने कहा कि देश और धर्म के लिए हमें किसी भी समझौते को नकारना चाहिए वहीं राजेश राजेशकर ने कहा कि बच्चों को उन बलिदानी बच्चों को याद करना चाहिए जिन्होंने छोटी सी उम्र में अपने देश के प्रति अपने धर्म के प्रति निष्ठा को दिखाते हुए भारत माँ पर अपने प्राण न्यूछावर कर दिए थे वो खबरें जो आपके काम की है